मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस दफ्तर में हुई गणेश स्थापना को लेकर कहा कि खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताने वाली कांग्रेस की गणेश स्थापना में एक भी मुस्लिम नेता मौजूद नहीं था कमलनाथ जी कहा है वहीं सागर पर हुई हत्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस को अलर्ट पर रहने को कहा गया है सीसीटीवी फुटेज निकलवाए गए हैं जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जब कल भगवान श्री गणेश की स्थापना हुई तब कमलनाथ सहित एक भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद नहीं थे उन्होंने कांग्रेस की ओर से बूथों पर एजेंट तैनात करने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा घोषणाएं करती है पहले भी बहुत सारी घोषणाएं हुई है यह घोषणा भी घोषणा बनकर ही रह जाएगी उसके कोई एजेंट नहीं बनेंगे मिश्रा ने हेरिटेज एक्ट पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं करती जो भी फैसला लेती है वो जनहित को देखकर लेती है कांग्रेस सिर्फ आदिवासियों और उनके विकास की बात करती है सीएम शिवराज काम करते हैं कांग्रेस पार्टी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आदर्श मान के काम करती थी उन्होंने इस सार्वजनिक भगवान की झांकी और गणेश उत्सव की शुरुआत की थी उस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कल जब भगवान श्री गणेश की स्थापना हुई थी तो कमलनाथ सहित एक भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद नहीं था चुनाव को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई काम नहीं करती है अभी कोई भी चुनाव नहीं थे ना है लेकिन भारत की राष्ट्रपति हमने जनजाति समाज की श्रद्धेय मुर्मू जी को बनाया है महामहि एक साल पहले माननीय अमित जी जबलपुर आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी जनजातियों के कार्यक्रम में भोपाल आए थे बड़े कार्यक्रम हुए थे पैसा एक्ट मध्य प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी ने किया है और इसलिए कांग्रेस सिर्फ बात करती है जनजाति की भारतीय जनता पार्टी हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी काम करते हैं जनजाति एमपी ऑनलाइन गेमिंग पर गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा कि एमपी ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार पहले से काम कर रही है हाईकोर्ट का आदेश सर्वमान्य है कर्मचारियों की नौकरी पैंसठ वर्ष करने के विषय पर मिश्रा ने कहा की कर्मचारियों की उम्र सीमा बढ़ाने पर अभी तक कोई भी प्रस्ताव नहीं बनाया गया है उन्होंने बीजेपी में सांसद विधायकों से फीडबैक लेने के मुद्दे पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही बूथ से लेकर पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति कर चुकी है मुख्यमंत्री लगातार विधायकों से भी बात करते हैं सांसदों से भी बात करते हैं भाजपा का, का काम जमीनी स्तर पर है सभी संपूर्ण पुलिस को अलर्ट मोड पर वहाँ किया हुआ है इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर हमारे रात्रि गश्त वाले चौकीदार इस तरह के लोग है उनको भी सबको अलर्ट मोड पे किया है तो हत्यारे को जन जागरण भी किया जा रहा है सीसीटीवी के फुटेज भी अलग अलग जगह के पूरे सागर से निकलवाए गए हैं एक दो जगह सीसीटीवी फुटेज में कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ भागता हुआ इस तरह के दृष्टिगोचर हुए हैं मैं समझता हूं कि अति अतिशीघ्र इसके निष्कर्ष पे हम आ जाएंगे जी देखिए अभी प्रथम दृष्टिया जो सामने आ रहा है वो इस तरह का चर्चाओं में निकल के आ रहा है कि कोई एक ही व्यक्ति इसको कर रहा है पर जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक कुछ भी कहना भ्रम पैदा करेगा अथवा जल्दबाजी कहलाएगी